तो यहाँ पे गेम हो चुका है शुरू तो हेलो भाई लोग कैसे आपसे सब लोग स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज हम यहाँ पे खेलने वाला है क्लैश फोर्ड रैंक मैच और यहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है हमारी टीम के दो बंदे यहाँ पे नॉक है भाई अरे, अरे अरे अरे सामने से पड़ी ओ भाई साहब इसको क्या ही एड मरा है जी ये टीम का मजा आ गया अरे अरे अरे इसको बुरा पसंद कहता हूँ यहाँ पे इसको रिवाय देता हूँ अरे मैं नॉख हो गया अरे भाई नीचे से मार दिया अरे अरे रिवाय दे दो माफिया भाई रिवाय दे दो

ओके okay, ओके okay, अरे अरे वो कैसे मार दिया पूरी की पूरी टीम को ओर भाई, भाई भाई भाई यहाँ पे सामने की टीम जो है दो राउंड जीत चुके हैं गाइज बहुत ही अच्छा कर खेल सामने वाली टीम और मेरे पास है यहाँ पे M40 क्या मैं M40 से तीन बंदों को मार पाता हूँ क्या गाइस ये आप देखो यहाँ पे ओके ओके एक बंदा से मारा है तो मैंने यहाँ पे भाई क्या हेड मारा है अरे अरे अभी किधर किधर किधर किधर बंदा किधर है बिड़ू

ओके ओके यहाँ पे ऊपर से बंदा मार रहा है इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया दे बड़ी अच्छी तरीके से अभी एक ही बंदा बचाएंगे दो बंद बचाए अरे अरे इसको भी यहाँ पे नॉक कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके तो से वाह इसको पूरा खत्म करता हूँ रुको रुको यहाँ से जूद कर ले तो अरे गाइज यहाँ पे तीन किल कर दिया मैंने इस राउंड में ओ भाई साहब ये राउंड में क्या ही खेला हूँ वाह भाई वाह यहाँ पे मैं इस राउंड का एम वी पे ओके ओके ओके तो अभी यहाँ पे तीसरा राउंड मतलब हम ओ भाई ये क्या हुआ अरे सामने वाली टीम यहाँ पे तीन राउंड जीत चुकी मैंने मैंने तो ये देखा ही नहीं

मेरे पास यहाँ पे पैराफेल हो क्या मैं गावि इस राउंड इस वाला जो राउंड है मैं यहाँ पे मैं जीत पाता हूँ कि नहीं वो देखने के लिए आप देखते रहिए वीडियो को आगे तक ओके तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ पैराफेल गाने ओ भाई साहब यहाँ पे दो सौ मैंने क्या ही यहाँ पे खूबसूरत हेट मारा है वाह भाई वाह एक बंदा यहाँ से सामने से आ रहा है और ये माफिया भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं रुको रुको रुको अरे वो बंदे अरे यानी आ रहा है माफिया भाई को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए लेकिन मैं भी हूँ यहाँ पर अस्व थामा ओके

इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छा डैमेज दिया अरे यार इसको मैंने हेड मारा था ये नोक नोक भी नहीं हुआ अरे इसको मैं यहाँ पे पैरों से मारता हूँ ओ भाई ये क्या ही नोक हो गया यार पैरों पैरों में मारा मैंने जो तो इसको रुको रुको इसको भी थोड़ा डैमेज देता हूँ यहाँ पे ओके यार मेरा कील चला गया कोई बात नहीं चलो तो यहाँ से थोड़े लूट लेते हैं माफिया भाई की बैग से इसको यहाँ पे पूरा खत्म कर देता हूँ मैं जल्दी से जल्दी

ओके okay, तो अभी मेरे पास यहाँ पे ये शॉर्ट गन है लंबी वाली इसका मेरे को नाम नहीं पता शायद इसका नाम एम एटी ऐसा कुछ नाम है क्या इसका ऐसा ही कुछ नाम है अभी एक ही बंदा बचा हुआ है ओके ओके अरे इसने मेरे को हेड मार दिया यहाँ पे ग्लू गोल डालनी पड़ेगी रुको रुको रुको, रुको औरे, अरे अरे भाई भाई भाई भाई क्या ही जीते हमारी टीम यहाँ पे दूसरा राउंड ओपी तरीके से कम कर पाएगी क्या क्या हम यहाँ पे देखते हैं रुको अरे मेरे को हेड मार दिया यार ऊपर से एक से

रुको रुको रुको रुको अभी मेरे को यहाँ पे ग्रेनेड डाल ले यहाँ पे कुक करके मैं ग्रेनेड डाल ओके तो यहाँ पे पहला ग्रेनेड जा चुका है और वो बंदा हो चुका है नॉक परफेक्ट ग्रेनेड गाइस ओके यहाँ पे दूसरा ग्रेनेड डाल के मैं यहाँ पे किल कंफर्म करता हूँ यहाँ पे अरे मेरे को पीछे से मार दिया अरे यार पीछे से मार दिया और वो बंदा भी यहाँ पे नॉक हो चुका है अरे भाई यहाँ पे पीछे से मेरे को मार दिया यार ये गलत बात है बिड़ू ऐसा नहीं होता है अरे अरे अरे

ओके okay, तो यहाँ पे दूसरा मैच जो शुरू हो चुका है गाइस और यहाँ पे पहला राउंड हम जीत चुके हैं मतलब दोनों एनमी दो, दोनों दोनों सामने की टीम यहाँ पे पहला राउंड जीत चुके हैं हम यहाँ पे दो राउंड जीत चुके हैं अरे वही भाई वाई बाई चौथे बंदों को मैंने यहाँ पे ओपी तरीके से हेड मारा है ओके okay, तो यहाँ पे हो चुका है तीसरा राउंड शुरू मेरे पास सिर्फ एसकेश बने गए क्या मैं इस राउंड को जीत पाऊंगा वो देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा इज ओके तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज में खेलूँ क्योंकि एस मेरे पास है तो उससे शॉर्ट रेंज में तो खेला नहीं जाएगा

और मैं देखो यहाँ पे लॉन्ग रेंज में क्या ही मैं दो बंदों को टू टैप मारता हूँ मतलब एक बंदों को मैं वन टैप मारूंगा लेकिन दूसरे बंदों को मैं टू टैप मारूंगा वो देखो इस बहुत ही मतलब रोमांचिक होने वाला ये हेड शॉट ओके ओके तो वहाँ से बंदे आने आ रहे हैं मेरा जो चौथा बंदा है वो वहाँ से मार रहा है ओके इसको यहाँ पर टू टैप अरे भाई भाई, भाई भाई भाई भाई इसको मैं यहाँ से तो पूरा ख़त्म करता हूँ एक बंदा गया है यहाँ इसको भी हेड मारता हूँ ओह भाई वन टैप क्या ही मारा है मैंने यहाँ पर ओके इसको भी यहाँ पूरा ख़त्म करता हूँ मैं

अरे यार तीसरे बंदे को मेरे को हेड मारना था लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है कोई बंदे चलो यहाँ पे मेरे दो किल तो यहाँ पे हो चुके हैं मतलब दो बंदों को मैंने क्या ही हेड मारा है वाह भाई वाह अरे भाई भाई भाई यहाँ पे तीन किल कर दिए है मैंने लास्ट राउंड में और यहाँ पे ऊपरी तरीके से भूया भी कर दिया है हमने ओके यहाँ पर फाइनल गेम जो है हमारा शुरू हो चुका है गैज मैंने यहाँ पे तीन गेम का मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर डाला हुआ है ओके तो फ़िलहाल तो अभी मेरे पास ये छोटू ये जो पिस्तौल है वो है पिस्तौल तो नहीं है छोटा एम है ना वो है मेरे पास अभी तो

ओके ओके तो मैं यहाँ पे अरे अरे अरे बंदे किधरे आए आए बाहर आए बाहर आए रुको रुको रुको रुको, रुको। अरे कौनो वाले बंदे है यार थोड़ा पीछे से खेलना पड़ेगा वरना कोई बंदा हेड शॉट मार देगा ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जीतना अरे ये कौन मरा यहाँ पे अरे भाई भाई भाई, भाई बंदे तो बहुत ही अच्छे है यार यहाँ पे तो

ओके ओके okay, okay, तो यहाँ पे एक बंदे को मेरे को मारना पड़ेगा यहाँ पे इसके पीछे ये वाला जो लकड़ी का बक्सा है ना उसके पीछे इसको मैंने कहा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हेडशॉट है Headshot, एक बंदे को यहाँ पे नॉक किया है अभी रुको रुको मेरे को बाहर जाना पड़ेगा रुको रुको गाइस मैं यहाँ पे मैंडी मार लेता हूँ जल्दी से जल्दी

तो गाइज़ यहाँ तक हमारा वीडियो आप देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको लाइक करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ फिर उसके बाद में जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है आपको वो दबाना है फिर लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद उसके बाद में जो बेल वाला आयकन है आपको वो दबाना है मतलब जो बेल वाला आयकन है वो आपको दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर देना है गाइज जिससे क्या होगा मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा

उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीन पर आएगी गैस और आप हमारा वीडियो है ना सबसे पहले देख से तो गैज ये कितनी ओपी बात है ना और यहाँ पे विक्ट्री हो चुके ये भी बहुत ही ओपी बात है वाह भाई वाह तो यहाँ पे मैं छत पे चढ़ चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पे M4A1 और गैज ये गन देखे तो ये गन भी बहुत ही मतलब फाड़ू गन है उसकी ये तीनों मतलब इस गन की जो तीनों की तीनों गोली ना वो हेड पे आती है

मतलब तीनों की तीनों जो बोली है वो सीधा फायर वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे को छोड़ो गए उसको छोड़ो यहाँ पे बने मैंने तो मतलब यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया है ओके okay? इसको पूरा भी मार दिया वाह अभी अभी तो बचा है मेरे ख्याल से दो बंदे बचे अभी इसको मारता हूँ अरे अरे अरे अरे वाह वाह हमारे टीम मतलब हमारे बंदे ने यहाँ पे मार दिया इसको ओके तो मेरे पास अभी यहाँ पे एम ये कौन सी कहना है एम यार मेरे मुँह से सब नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं चलो

तो अभी मेरे पास है यहाँ पे एम फोर एवन एन अभी लास्ट वाला बंदा बचा हुआ है और वो किधर होगा यार वो मेरे को पता नहीं है बाहरा बहरा बंदे लोग बाहर आओ बहरा बहरा बंदा बहरा आ किधर है, किधर है बंदे लोग किधर है वैसे तो एक ही बंदा बचा हुआ है ओके ओके तो वो बंदा किधर होगा अभी तक नींद नहीं मिला यार ऐसा थोड़ी होता है बाहर भी तो आओ बंदा बंदे लोग ऐसा बोलना चाह रहा था मैं

ओके okay, ओके okay, तो किधर है अरे गाइज ये बंदा एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे हम दो राउंड जीत चुके हैं वाह भाई वाह और मैं हूँ इस राउंड का एम नहीं हूँ यार ये अच्युत भाई है कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे राउंड थ्री जो है शुरू हो चुका है और मेरे पास यहाँ पे सैम कॉम्बो है एम पी फोर एम है और एम है और मैंने यहाँ पर तीन वॉल ले लिया और दो ग्रेनेट है मेरे पास और वैसे तो वॉल की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मिस्टर वेगर का जो पैट आता है ना वो है मेरे पास तो वॉल की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर थोड़ा इमोट बाजी कल्लत है

ओके okay, तो मेरे को गाइज इस राउंड में तीन किल करने हैं गैस क्या मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी किल किल कि मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ यार अच्छा हाँ किल के मामले में हम देखें तो मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे हूँ मतलब मेरा तीन किल है यहाँ पे अभी देखो अरे वो सामने वाले बंदे का नेट चला गया क्या हाँ गाइज वो सामने वाले बंदे का नेक्स्ट अलग है तो वैसे तो एक किल को मेरे को मतलब यहाँ पे एक किल मिल चुका है अभी मेरे को इस राउंड में मारने दो बंदे क्या मैं मार पाऊँगा गाइज वो देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे ओके तो अभी अभी किधरे

ओके okay, ओके okay, तो अरे भाई भाई बंदे मिल गए यहाँ पे पीछे की साइड बंदे हैं मतलब इस कंटेनर के कंटेनर में कहीं कहीं पे कहीं पे बंदे हो गए ओके okay, तो यहाँ पे आगे बंदे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रेनेड डालूँ एक अरे भाई इसने क्रोनो लगा दिया है रुको रुको रुको यहाँ पे ग्रेनेड डालता हूँ मैं और ये कुक करके ग्रेनेट डाला यहाँ पर एक बंदा हो चुका है अरे कोई बिना नहीं हुआ

अरे भाई कोई बात नहीं चलो अरे यार सामने से बंदा आ गया इससे मैंने यहाँ पे उसी तरीके से हेड मारा M4A1 का वाह भाई वाह क्या ही हेड रोमांचिक यहाँ पे अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई, भाई, भाई। मस्त हेड मारा गैज मैंने यहाँ पे ओके तो ओके इसको रिवाई देता हूँ अरे अरे लास्ट वाला बंदा बाहर आए इससे मैं देखो क्या ही हेड मारता हूँ इसको बाहर आने दो पूरा और और वाह भाई वाह तीन के लिए पे इस राउंड में क्या ही मैं खेला हूँ गैज आज का दिन तो मेरे लिए काफी ज्यादा मस्त है मतलब हैड पेड पेड ऐसा ही मैं मार रहा हूँ

ओके okay, तो यहाँ पे राउंड फोर जो है शुरू हो चुका है गाइस और हम यहाँ पे तीन राउंड जीत चुके हैं और सामने वाली टीम यहाँ पे जीरो राउंड पे है क्या मैं हम सामने वाली टीम को फोर जीरो से हरा पाएंगे गाइस वो देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखे मैंने कितनी बार बोला यार बहुत ज़्यादा बार बोला ना अभी नहीं बोलूंगा कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पर ग्रेनेड डाल के डालने की नाकाम कोशिश नहीं नहीं सही कोशिश है एक ग्रेनेड तो गया पीछे मतलब एक ग्रेनेड जो है पीछे गया है लेकिन वो बंदा नोक नहीं हुआ ऐसा कैसा नॉक नहीं होगा हुआ गाइज़ ये तो मेरा ग्रेनेट था ना

ओके okay, इसको अच्छा डैमेज किया और ये नॉक भी नहीं हुआ अरे अरे अरे कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे अरे बंदा किधर है यहाँ पे इस घर के पीछे बंदा है साइड में मतलब राइट साइड में अरे अंदर चला गया कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे दो बंदे नॉक हो चुके हैं यहाँ पे सामने वाली टीम के इसको यहाँ पर मैं पूरा ख़त्म करता हूँ ओके ओके अरे मतलब हमारे टीम के जो बंदे ने मतलब बंदे को नॉक किया था उसको मैं यहाँ पे क्लियर कन्फर्म करा रहा हूँ अभी तो अभी एक ही बंदा बचा होगा

ओके okay गैज तो मैं यहाँ पे रस करने की ट्राई करता हूँ बड़े बड़ी ओपी तरीके से ओके ओके तो यहाँ पे मेरे पास है एम पी और ये बंदा इधर ही होगा और भाई, भाई भाई भाई क्या ही मतलब ये राउंड खेला हूँ गायज ये वाला मैच तो काफ़ी ज़्यादा ओपी था चार जीरो चारा दिया वाह भाई वाह ओके तो यहाँ पर अभी आप स्कोर देख लीजिए मतलब जो रैंक है वो देख लीजिए फिलहाल तो अभी यहाँ पर हूँ मैं हीरो नाइन में आ चुका हूँ और यहाँ पर आ चुका हूँ हीरो टेन में

और यहाँ पे सीधा आ चुका हूं मैं हिरोइ 14 में साइड से ओके ओके ओके तो यहाँ पे आ चुका हूं मैं डायरेक्ट हीरोइक 14 में हीरो